ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे वह जन्मांध यानी जन्म से अंधे थे और उनका नित्य का एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगन चुम्बी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते